दर्शकों और नमस्कार मैं आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी को यह करना चाहता हूं कि दिनांक जून जबलपुर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं पंद्रह सोलह सत्रह जून वाराणसी भगवान जो है भोलेनाथ की नगरी इक्कीस बाईस और तेईस जून देहरादून छब्बीस से तीस जून अमृतसर चंडीगढ़ तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे मिल करके करवाना चाहते हैं क्योंकि इस देश के तमाम कोने कोने से मांग आई है जब से हमारी ये प्रिडिक्शन सत्य हुई नरेंद्र मोदी वाली और सीटों को लेकर के आप लोग भी ऊपर आई बटन पर जा करके देख सकते हैं कि पंडित जी हम आपसे मिलना चाहते हैं आप हमारे शहर में आइए तो हम आ रहे हैं और एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों की हमारी संस्कृति जो है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा इस पर यकीन करती है बिलीव करती है हम भी करते हैं आप लोग भी करते हैं लेकिन कई बार दर्शकों सतत कर्म करने से भी हमें यथेष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है तो जब यथेष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है हमारे भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध रहा होता है तो हम क्या करते हैं विचलित हो जाते हैं तमाम ज्योतिषियों के पास जाते हैं कर्म के पास भी जाते हैं थक हार जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है तो दर्शकों यदि आप थक हार गए हैं तो एक बार हमारे पास आप लोग जरूर आइए सेवा का अवसर दीजिए और हम आपको श्योरिटी दिलाते हैं कि हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में तमाम ऐसे प्रयोग बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम ऐसे जो है प्रयोग बताए हैं जिनसे आपके मार्ग में आने वाले जो अवरोध हैं इसको कुछ हद तक कम किया जा सके तो इन्हीं सब बीच सात आठ नौ जून जबलपुर मध्य प्रदेश पंद्रह सोलह सत्रह जून वाराणसी 21, 22, 23 जून देहरादून 26 से 30 जून अमृतसर चंडीगढ़ और जो 26 से 30 जून का ये प्रोग्राम है ये थोड़ा सा हो सकता है आगे भी बढ़ जाए अगर हिमाचल से हमारे पास जो है कॉल आई तो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं यदि फ़ोन नहीं उठता है आप लोग कॉल के द्वारा अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और हमें ई करके भी बुक करा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ पहले आओ पहले पाओ अर्थात अभी हम अहमदाबाद गए थे तो तमाम इंक्वायरीज आ गई थी लेकिन उनको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था जो लोग पहले आए थे उनको प्रथम जो है वरीता दी गई थी और एक दिन में हम बहुत ज्यादा कुंडली भी नहीं देखते हैं इसीलिए तीन दिन का ये प्रोग्राम बनाए हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार